तो अभी हम लोग खाना बनाने वाले हैं आप लोग किचन देखिए दोस्तों कैसा है हम लोग का किचन सब्जी वाला गाड़ी है इसी से हम लोग छत्तीसगढ़ उड़ीसा आना जाना करते हैं तो अभी हम लोग यहाँ पे रुके हुए मैदान के पास आप लोग देख सकते हैं इधर पूरा मैदान है इधर कुछ नहीं है यहाँ पर हाँ इधर बगल में रोड है इधर देखिए इधर रोड इस साइड में है तो अभी हम आप लोग को दिखाने वाले हैं कि क्या क्या बना रहे अभी अभी हम लोग का लंच यहीं पर बनेगा हम लोग अपने बना के खाते हैं तो आइए दिखाते हैं क्या बना रहे हैं तो हम पहले से ही काट लिए हैं आलू आलू शिमला मिर्च है और प्याज भी काटे हैं सब्जी बनाने के लिए टमाटर भी है और हम लोग का अभी इधर खाना भी बन रहा है यहाँ चावल चढ़ाए है चावल ही गया है और ये चका के पास इसलिए बना रहे हैं कि तो उधर से हवा आता है तो छका जाता है ना तो गैस नहीं बुजता है इसलिए कितना मस्त चावल है बन गया है इसमें सूखा चावल बना रहे कि माड़ नहीं पकाना होता है इसमें में पानी होता है सूख जाता है तो, तो, और तो फिर ठीक है और आगे बताते हैं आप लोगों को कित क्या क्या हम लोग बताते हैं और तो सब्जी कैसे बताते हैं वो भी देखिए सब्जी भी बनाने वाले हैं अभी हम लोग तो अच्छे से वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और तो हम लोग का सब्जी बन के तैयार हो गया है अब खाने की तैयारी हम लोग करेंगे हम लोग खाने बैठे हैं खा के यहाँ से निकलेंगे दोस्तों आप तो लोग देख सकते हैं हम लोग भजन खा रहे हैं हम लोग का गाड़ी बैक हो रहा है बैक करके अभी हम लोग निकलने वाले हैं